वो रहती महलों में नहीं होता दीदार वो रहती महलों में नहीं होता दीदार कल्पना में ही बस करता हूँ अपने प्यार का इजहार खत संदेश ना जाने कितने यतन करके देख लिए खत संदेश ना जाने कितने यतन करके देख लिए उम्र कट रही है बस यूँ अकेले करें उनका इंतजार उम्र कट रही है बस यूँ अकेले कर उनका इंतजार